राजस्थान में जयपुर के पास एक कुएं पर चार स्त्रियां अपने सिर पर घड़े रखकर पानी भरने जा रही थी वैसे ही राजस्थान में पानी का अभाव है दूर दूर से पानी लाना होता है पानी भरने का काम प्रायः स्त्रियां ही करती हैं, चारों बातें करती जा रही थी एक ने कहा मेरा लड़का बड़ा अच्छा है वह पहलवान है बड़ी बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है सब तरफ उसका नाम है उसकी माँ कहकर लोग मेरा सम्मान करते हैं तो दूसरी बोली मेरा लड़का जज है जज कुर्सी पर बैठता है फैसला करता है वह किसी को सजा और किसी को फांसी भी दे सकता है सब मेरे पास सिफारिश लेकर आते हैं तीसरी ने तपाक से कहा रहने भी दो मेरा लड़का ज्योतिषी है तारों को देखकर वर्षा काल और ग्रान बता देता है उसके पास भविष्य पूछने वालों की भीड़ लगी रहती है सब मेरा आदर करते हैं चौथी चुप रही तीनों ने ताना दिया बेचारी का लड़का बिना पढ़ा लिखा है क्या कहे तभी उसने जवाब दिया ऐसा मत कहो वह मेरी बड़ी सेवा करता है अपने पढ़ाई के साथ साथ गाँव घर की चिंता करता है सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं मुझे इसी में प्रसन्नता है बातों ही बातों में वे कुएं तक पहुंच गई चारों पानी भरकर घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौट पड़ी एक वृद्ध उनकी बातें सुन रहा था उसके मन में कौतूहल जगा कि देखे अच्छा बालक कौन है अभी दो चार पग ही चली होंगी कि धूल उड़ाती मोटर रुकी उसमें बैठे जस साहब ने माँ को डांटा क्यों भेज कराने पर तुलो कितनी बार कहा आगे पीछे पानी भर लिया कर और गाड़ी चली गई तभी पीछे से दूसरी आवाज आई अब पानी भर कर ले जाऊंगी खाना कब बनेगा क्या बोखा मार डालने की सोची है इतना कहकर हट्टा कट्टा पहलवान मुंह बनाकर चला गया सिर पर पानी का गढ़ा होने से चारों स्त्रियाँ धीरे धीरे चल पा रही थी इतने में फिर किसी की तेज आवाज़ सुनाई दी यह ज्योतिषी था चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे पता था कि आज भाग्य में खाना नहीं है मुझे कहीं जाना है और वह भी आगे बढ़ गया तभी अचानक दूर से किसी के भाग कर आने की आहट हुई उस बालक ने आते ही सबसे पहले माँ के सिर का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा पोटली बगल में दबाई उसकी आँखों में आंसू थे वह कह रहा था मैं बड़ा अभागा हूँ जो मेरे जीते जी तुझे पानी भरने आना पड़ा अगर आज खाना थोड़ी देर से बन जाता तो मैं मर थोड़ी ही जाता इतना सोन तीनों स्त्रियों के सिर शर्म से झुक गए उनके घर भी पास आ चुके थे वे अपने अपने घरों में चली गई वृद्ध प्रसन्न था उसे अपना उत्तर मिल चुका था